नमस्ते और वापस स्वागत है इस लेक्चर में हम पॉइंटर और डायनामिक मेमोरी पर दो पार्ट लेक्चर में से पहले पार्ट को देखने जा रहे हैं यहाँ हम पहले से ही अध्ययन किए गए कुछ प्रासंगिक विषयों का संक्षिप्त में रिकेप देखते हैं हमने C++ लैंग्वेज में वेरिएबल्स और पॉइंटर टू वेरिएबल्स को देखा हमने देखा की कि किस तरह वेरिएबल्स के लिए स्टोरेज बेसिकली स्टैग सेगमेंट को एलोकेट करती है हमने देखा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज या यूनरी एम्परसेंट ऑपरेटर और कंटेंट ऑफ ऑपरेटर या यूनरी स्टार ऑपरेटर के यूज को देखा हालांकि अब तक हम अध्ययन कर चुके हैं उन सभी में मेमोरी लोकेशन जो हम एक्सेस करते हैं या तो डायरेक्टली उनके नेम द्वारा या उनके एड्रेस द्वारा ये सभी मेमोरी लोकेशन बेसिकली लोकल वेरिएबल के लिए या फंक्शन के एरे के लिए होता है और जब फंक्शन कॉल होता है वह स्ट्रिक्ट स्टैग सेगमेंट में एलोकेट होता है इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रोसेस के लिए एलोकेटेड स्टोरेज और मेमोरी के अन्य पार्ट को विशेषकर हम देखने जा रहे हैं डेटा सेगमेंट में स्टोरेज को जिसे की हीप कहते हैं इसके लिए हमें C++ में, में मेमोरी के डायनामिक एलोकेशन का अध्ययन करने की जरूरत है हम देखेंगे कि डायनामिक एलोकेटेड मेमोरी को किस तरह एक्सेस किया जाता है हम कुछ अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस पर भी नजर डालेंगे जब हम डायनामिक मेमोरी को यूज कर रहे हों। अब यदि आप रिकॉल करें हमने अपने पहले के व्याख्यानों में एक में कहा था की जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो या दूसरे शब्दों में जब प्रोसेस रन हो रही हो प्रोसेस द्वारा यूज के लिए मेन मेमोरी के पार्ट को ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट करता है ये प्रोसेस के लिए एलोकेटेड मेमोरी का पार्ट हो सकता है हमने ये भी देखा था कि यह मेमोरी वास्तव में थ्री सेगमेंट में डिवाइड होती है कोड सेगमेंट जो कि एग्जीक्यूटिवल इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है स्टैक सेगमेंट जो की बेसिकली कॉल स्टैक और एक्टिवेशन रिकॉर्ड को स्टोर करता है जो की कॉल स्टैक में होते हैं और डेटा सेगमेंट और हमारे पहले के अध्ययन में हमने कहा था कि हम देखेंगे कि यह डेटा सेगमेंट बाद में किस तरह यूज होता है और अब उसका वक्त आ गया है इस लेक्चर में और अगले में हम एक्चुअली ये देखने जा रहे हैं कि किस तरह यह डेटा सेगमेंट का उपयोग डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी लोकेशंस को स्टोर करने के लिए किया जाता है अब जब आप लोकल वेरिएबल को देखते हैं या फंक्शन के लोकल एरे को वे स्टैटिकली फंक्शन की बॉडी में डिक्लेयर होते हैं हमें सभी लोकल वेरिएबल और एरेज को जिन्हें हम फंक्शन में यूज करना चाहते हैं को डिक्लेयर करना होता है रिजल्ट के रूप में जब फंक्शन कॉल होता है इन सभी वेरिएबल्स और एरे के लिए मेमोरी फंक्शन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में एलोकेट हो जाती है और क्योंकि एक्टिवेशन रिकॉर्ड कॉल स्टैक में पुश किया जाता है और कॉल स्टैक स्टैक सेगमेंट में रहता है तो बेसिकली ये सभी मेमोरी जो कि लोकल वेरिएबल्स और एरे के लिए एलोकेटेड है सच में इस टैग सेगमेंट में रहती है और एक बार जब फंक्शन खत्म हो जाता है और कंट्रोल कॉलर में वापस आ जाता है पूरा एक्टिवेशन रिकॉर्ड फ्री हो जाता है तो ये सभी लोकल वेरिएबल्स और एरेज भी खत्म हो जाते हैं जैसे ही फंक्शन कॉलर को कंट्रोल रिटर्न कर देता है परंतु क्या होगा यदि लोकल एरे का साइज जिसमें फंक्शन में यूज करना चाहता हूँ वह वा वास्तव में इनपुट पर निर्भर हो उदाहरण के लिए मैं क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रीड करना और इन सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स को इंटीजियर एरे में स्टोर करना चाह सकता हूँ मुझे पहले से नहीं पता है कि लगभग कितने स्टूडेंट्स क्लास में होंगे मैं इसे यूजर से इनपुट के रूप में मांगने जा रहा हूँ और ये कितने स्टूडेंट्स हैं के आधार पर फिर मैं पर्याप्त साइज का एरे एलोकेट करूंगा हालांकि यदि मुझे मेरे प्रोग्राम में यह एरे स्टैटिकली डिक्लेयर करना हो फिर मुझे पहले से पता रहेगा कि एरे साइज क्या है और ज्यादातर हम एरे के साइज के लिए लार्ज वैल्यू को रख देते हैं तो ये सभी परिस्थितियाँ अभ्यास के दौरान आ सकती हैं, जहाँ साइज की जरूरत होती है हालांकि जैसा की आपने अनुभव किया की यह मेमोरी का दुरुपयोग है क्यूँकी एक्टिवेशन रिकॉर्ड में उस पूरे बड़े कॉन्जर्वेटिव एस्टिमेटेड एरे साइज के लिए स्पेस स्टोर होने जा रहा है यहाँ एक और उदाहरण है मैं डॉट के साथ एंड हो रहे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को रीड करना और इसे कैरेक्टर एरे में स्टोर करना चाह सकता हूँ क्योंकि मैं पहले से नहीं जानता कि डॉट रीड करने के पहले कितने कैरेक्टर में रीड करने जा रहा हूँ इसलिए जब मैं प्रोग्राम राइट कर रहा हूँ पता नहीं कर सकता की इस कैरेक्टर एरे का सही साइज क्या होगा तो एक बार पुनः हम वास्तव में पर्याप्त लार्ज साइज के एरे के लिए स्पेस रिजर्व कर बैठेंगे इस तरह की सभी कैरेक्टर सीक्वेंस जो कि मैं रीड करूंगा लार्ज कैरेक्टर एरे में एकोमोडेट हो सकते हैं परंतु एक बार पुनः ये मेमोरी का दुरुपयोग है यहाँ एक और उदाहरण है मेमोरी लोकेशन जो कि फंक्शन में एलोकेटेड है उसकी जरूरत कॉल्ड फंक्शन के रिटर्न होने के बाद कॉलर फंक्शन में हो सकती है उदाहरण के लिए मैं उस फंक्शन को कॉल करवाना चाह सकता हूँ जिसका कार्य कैरेक्टर एरे में सीक्वेंस ऑफ़ कैरेक्टर को रीड और स्टोर करना है और फिर जब यह फंक्शन रिटर्न होगा कॉलिंग फंक्शन में कॉलिंग फंक्शन को अन्य प्रोसेसिंग करने के लिए यह कैरेक्टर एरे को यूज करना होगा अब यदि कॉल्ड फंक्शन अपने अंदर ही लोकल एरे के रूप में कैरेक्टर एरे हो तो फिर जब यह कॉल्ड फंक्शन रिटर्न होता है कॉलिंग फंक्शन उस कैरेक्टर एरे को एक्सेस नहीं कर पाता जिसमें कॉल्ड फंक्शन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को रीड और स्टोर करता है तो इस तरह की समस्या को एड्रेस करने के लिए आप अनुभव करेंगे कि हमें सच में डायमिकली मेमोरी लोकेशन को एलोकेट करने के लिए मैकेजम की जरूरत है डायनामिकली मेमोरी लोकेशन से मेरा क्या तात्पर्य है यहाँ है कि यह एलोकेशन वास्तव में रन टाइम के दौरान होगा और कितनी मेमोरी एलोकेट होगी यह निर्भर कर सकता है बहुत से एक्सप्रेशन के वैल्यू आरोप जो हम रीड और कम्प्यूट कर रहे हैं उदाहरण के लिए मेरे एरे के साइज को नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसी पता कर सकते हैं जिसे मैं स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करने के लिए डायनामिकली एलोकेट करना चाहता हूँ नेम में नंबर ऑफ कैरेक्टर से ये पता लगाया जा सकता है कि एरे का साइज क्या है जिसमें मैं एरे में कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए डायनामिकली एलोकेट करवाना चाहता हूँ तो डायनामिक एलोकेशन से हमारा तात्पर्य ये है मेमोरी एक्चुअली रन टाइम के दौरान एलोकेट होती है और कितनी मेमोरी एलोकेट होने जा रही है ये निर्भर कर सकता है बहुत से वेरिएबल्स की वैल्यूज या एक्सप्रेशन आरोप उस समय जब मेमोरी एलोकेट हो रही हो तो यहाँ एक सिंपल प्रोग्राम है जो की इसे दर्शाता है यहाँ मेरे पास इंटीजर वेरिएबल है जिसे नम कहते हैं, और मैं इसमें इसकी वैल्यू रीड करता हूँ यहाँ है इस प्रोग्राम के लिए किस तरह एलोकेट मेमोरी का पार्ट दिखता है स्टैक सेगमेंट डेटा सेगमेंट और कोड सेगमेंट मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रीड करने के बाद मैं एक्चुअली नम स्टूडेंट साइज का इंटीजर एरे ए को एलोकेट करना चाह सकता हूँ जिससे कि मैं इन सभी स्टूडेंट्स के क्विज मार्क्स को एरे ए में स्टोर कर सकूं। अब यदि आप इसके बारे में सोचते हैं नम स्टूडेंट्स मेन फंक्शन का लोकल वेरिएबल है तो इसलिए कंपाइल टाइम पर मुझे पता है कि मुझे इस वेरिएबल की जरूरत पड़ने वाली है यह इंटीजर टाइप का है तो मुझे पता है की कि एग्जैक्टली exactly कितनी मेमोरी की जरूरत इसके लिए हो सकती है परिणाम के फलस्वरूप जब फंक्शन मीन को कॉल किया जाएगा तो मैं मीन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में स्पेस एलोकेट कर सकता हूँ और बेशक एक्टिवेशन रिकॉर्ड कॉल सेगमेंट में कॉल स्टैक में स्टोर होता है तो हो सकता है कि यह चार लोकेशंस नम स्टूडेंट्स की वैल्यू को स्टोर कर रही हूँ वह चार लोकेशंस क्यों हैं? क्योंकि मेमोरी में प्रत्येक लोकेशन वन बाइट स्टोर करती है और इंटीजर को इसकी वैल्यू स्टोर करने के लिए फोर बाइट की जरूरत होती है नोट करें की यह लोकेशन स्टैक सेगमेंट में एलोकेट होती है हालाकि यदि मैं इस एरे ए को देखूँ जिसे मैं एलोकेट करना चाहता हूँ फिर इस एरे ए का साइज नम स्टूडेंट्स की वैल्यू पर निर्भर करता है जो कि मैं यूजर से रीड करवाना चाहता हूँ परिणाम स्वरूप मैं नहीं जानता कि मुझे कंपाइल टाइम में कितनी मेमोरी की जरूरत होगी फलस्वरूप मैं इस एरे ए के लिए स्पेस रिजर्व नहीं कर सकता जब मेन फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक सेगमेंट में क्रिएट हो चुका हो सिर्फ मेन के एग्जीक्यूशन शुरू होने के बाद मैं बता सकता हूँ की नम स्टूडेंट्स की वैल्यू क्या है और सिर्फ उसके बाद मुझे पता चलेगा ये एरे ए कितना बड़ा होने जा रहा है परन्तु एक्टिवेशन रिकॉर्ड में यदि मैं इस एरे के लिए स्पेस स्टोर नहीं करता फिर इस एरे ए के लिए कहाँ से मेमोरी स्पेस आएगा ऐसा होता है कि यहाँ ही डेटा सेगमेंट जिसको हीप भी कहते हैं हमारी मदद में आता है तो हमें पता करना होगा कि हम किस तरह डेटा सेगमेंट में रन टाइम पर नम स्टूडेंट का साइज का एरे एलोकेट कर सकते हैं तो हमें पता करना होगा कि हम किस तरह डेटा सेगमेंट में रन टाइम पर नम स्टूडेंट साइज का एरे एलोकेट कर सकते हैं सी प्लस प्लस के कंस्ट्रक्ट से जो हमने अभी तक देखा है वह कुछ नहीं है जो हमें यह करने की अनुमति दे जब फंक्शन कॉल हुआ था स्टैक सेगमेंट में एक्टिवेशन रिकॉर्ड में सभी वेरिएबल्स और एरेज स्टैटिकली एलोकेटेड थे एक बार जब फंक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है हम मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते परंतु अब हम ये करवाना चाहते है तो हम इसे सी में कैसे करते हैं ठीक है C++ हीप में मेमोरी के डायनामिक एलोकेशन के लिए एक्चुअली स्पेशल कंस्ट्रक्ट प्रोवाइड करता है जिसे डेटा सेगमेंट भी कहते हैं और ये कंस्ट्रक्ट है तो यहाँ मैं यूज करने जा रहा हूँ इस स्पेशल कंस्ट्रक्ट को जिसे C++ में न्यू कहते हैं जो कि कंप्यूटर की हीप पर मेमोरी के डायनेमिक एलोकेशन को बता रहा है और कितनी मेमोरी इसे एलोकेट करनी चाहिए ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके और नम स्टूडेंट्स को बीच में डाल के मैं यहाँ कह रहा हूँ एरे के लिए स्पेस एलोकेट करो स्क्वायर ब्रैकेट एरे को दर्शाता है और एरे का साइज क्या है यह नम स्टूडेंट की वैल्यू होता है और इस एरे के हर एलिमेंट में इंटीजर होने जा रहा है तो ये कंस्ट्रक्ट है जिसे मैं यूज करने जा रहा हूँ बेसिकली नम स्टूडेंट साइज का एरे एलोकेट करने जहाँ एरे का प्रत्येक एलिमेंट इंटीजर है और यह कंस्ट्रक्ट वास्तव में रिटर्न करने जा रहा है इंटीजर के लिए पॉइंटर तो इसलिए ए का टाइप जो कि मैं क्या असाइन कर रहा हूँ इस कंस्ट्रक्ट के रिटर्न वैल्यू ए का टाइप इंट स्टार होना चाहिए तो ये है कि किस तरह चीजें दिखाती हैं मेरे पास मेरा मेन प्रोग्राम है इसमें मेरे पास नम स्टूडेंट्स हैं जो कि स्टैक सेगमेंट में हमारा इंटीजर वेरिएबल है जब मैं इस एरे के लिए स्पेस एलोकेट करने को कहता हूँ तब न्यू कंस्ट्रक्ट इंटीजर पॉइंटर रिटर्न करने जाता है तो मैंने वेरिएबल ए को भी रखा हुआ है जो की इंटीजर पॉइंटर टाइप का है और हम पहले देख चुके हैं कि इंटीजर पॉइंटर बेसिकली एड्रेसेस स्टोर करते हैं और यदि हमारी मेमोरी में सभी एड्रेसेस को 32 बिट्स की जरूरत हो तो मुझे मेन मेमोरी में चार लोकेशन की जरूरत होगी यह मेन का लोकल वेरिएबल है इसलिए इसके लिए स्टैक सेगमेंट में एक्टिवेशन रिकॉर्ड में स्पेस रिजर्व होगा इसके बाद में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रीड करता हूँ चलो कहते हैं कि वैल्यू टू है तो वह यहाँ आएगी नम स्टूडेंट के लिए रिजर्व स्पेस में और फिर मैं स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता हूँ जहाँ मैं कह रहा हूँ कृपया मुझे साइज टू का एरे दें जहाँ हर एरे में प्रत्येक एलिमेंट इंटीजियर हो इसके लिए स्पेस स्टैक सेगमेंट में स्टोर नहीं हो सकता क्योंकि जब मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट हुआ था मुझे नम स्टूडेंट की वैल्यू नहीं पता थी इसलिए स्पेस डेटा सेगमेंट या हीप से एलोकेट होती है और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने टू इंटीजर्स के लिए स्पेस एलोकेट की है प्रत्येक इंटीजर फोर लोकेशंस को लेता है और इनमें से फर्स्ट इंटीजर्स के फर्स्ट बाइट्स का एड्रेस चलो कहते हैं हेक्स है। तो ए में हेक्स जीरो टू फोर की वैल्यू कंटेन होने जा रही है अब इसके बाद यदि मैं कहता हूँ की ए के जीरो एलिमेंट में टेन स्टोर करो और ए के फर्स्ट एलिमेंट में फिफ्टीन स्टोर करो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ की टेन और फिफ्टीन इन दो इंटीजर्स में स्टोर हो जाएंगे जिसके लिए स्पेस हीप या डेटा सेगमेंट में रिजर्व है ठीक है परंतु A0 और A1 के एड्रेसेस किस तरह कैलकुलेट करेंगे यहाँ मुझे केवल हीप सेगमेंट में इन दो इंटीजर्स के स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस मिला है तो A0 और A1 का एड्रेस किस तरह कैलकुलेट करेंगे ये बहुत कठिन नहीं है यदि आप इसके बारे में सोचें, कंपाइलर को पता है कि ए इंटीजर के लिए पॉइंटर है और ये इंटीजर बेसिकली इंटीजर्स के एरे में पहला है कंपाइलर को यह कैसे पता चलेगा इस स्टेटमेंट से। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ मैं इंटीजर के एरे ए को एलोकेट करना चाहता हूँ और ए उनके लिए इंटीजर के लिए प्वाइंटर होगा कंपाइलर ये भी जानता है की प्रत्येक इंट फोर कन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन लेता है इसलिए इसे देखना आसान होगा ए जीरो का एड्रेस वह एड्रेस होगा जो कि ए प्लस जीरो को रखता है और सामान्यतः ए आई का एड्रेस वह एड्रेस हो सकता है जो कि ए प्लस फोर स्टार आई में रहे ये फोर कहाँ से आया है क्योंकि इस एरे में प्रत्येक इंटीजर को फोर कन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन की ज़रूरत है फोर एड्रेसेस को लेगा तो इसे भी एड्रेस एरिथमेटिक कहते हैं हम यहाँ एड्रेस को कम्प्यूट करने के लिए बेसिकली चीजों को एड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक बार जब हमें वह एड्रेस मिल जाता है हम डायनेमिकली एलोकेटेड एरे के सही एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का जेनेरिक फॉर्मेट कुछ इस तरह है टी टाइप के वेरिएबल के लिए डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि टी के लिए पॉइंटर है और फिर मैं उस वेरिएबल को यूज करूंगा और जो वैल्यू रिटर्न होगी उसे असाइन करूंगा एड्रेस जो कि न्यू टी द्वारा रिटर्न किया गया था तो मैं कह रहा हूँ टाइप टी के न्यू वेरिएबल के लिए मुझे स्पेस दे और उसका एड्रेस टाइप टी स्टार होगा और जो की माई वायर के लिए असाइन होगा मैं वेरिएबल को किस तरह एक्सेस करने जा रहा हूँ ये हमारे स्टार ऑपरेटर को यूज कर रहा है कंटेंट ऑफ ऑपरेटर इसे हम स्टार माई वायर पॉइंटर के रूप में एक्सेस करते हैं टाइप टी के एन एलिमेंट्स के एरे के लिए डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी मैं कुछ बहुत ही समान करने जा रहा हूँ सिवाय इसके कि न्यू टी के बजाय मैं कहूँगा न्यू टी और फिर एन साइज का एरे तो बेसिकली ये कह रहा है कृपया एन साइज एरे के लिए स्पेस एलोकेट करे जहाँ एरे में प्रत्येक एलिमेंट टाइप टी का है और उस एरे में फर्स्ट एलिमेंट के लिए एड्रेस रिटर्न होगा और इसलिए जिस वेरिएबल में मैं इसे स्टोर करूंगा उसका टाइप टी स्टार होना चाहिए एरे एलिमेंट्स को माई एरे 0 से माई एरे n-1 तक एक्सेस किया जाता है यह n बेशक इंटीजर होना चाहिए जो कि हमें कहता है कि एरे में कितने एलिमेंट स्टोर होने हैं तो जैसा कि हमने नोटिस किया न्यू दोनों केसेस में टाइप टी के लिए पॉइंटर रिटर्न करता है इसलिए यहाँ वेरिएबल को टाइप टी स्टार डिक्लेयर किया गया है और जैसा की आपने ये भी देखा की टाइप टी का एरे यहाँ माई एरे को टाइप टी स्टार के वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जाता है जिसे की स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करके इंडेक्स किया जा सकता है अब जब आप डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी को यूज कर रहे हैं यहाँ कुछ अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस हैं, जिससे आपको अवगत होना चाहिए ज्यादातर न्यू का कॉल प के लिए रिक्वेस्टेड मेमोरी को सफलतापूर्वक एलोकेट करता है और ये आपको फर्स्ट एलोकेटेड बाइट का एड्रेस रिटर्न करेगा हालांकि हम न्यू को अनदेखा नहीं कर सकते C++ न्यू को फेल होने की अनुमति देता है जब यह जीरो एड्रेस जीरो इंटू जीरो को रिटर्न करता है जिसे कि नल पॉइंटर भी कहते है इसलिए उस एड्रेस के डी के पहले आपको हमेशा चेक करना चाहिए की न्यू ने जीरो एड्रेस को रिटर्न किया है यह एक्चुअली अवॉइड करेगा अनावश्यक प्रोग्राम क्रैश को विशेष कर यदि आपका प्रोग्राम डायनामिकली बहुत ज्यादा मेमोरी एलोकेट कर रहा है और आप हीप पर आउट ऑफ स्पेस स्थिति में हैं, और यह रियल इश्यू है प्रोग्रामर्स एक्चुअली रियल लाइफ में इस स्थिति से एनकाउंटर होते हैं तो इस तरह आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं एरे के मेमोरी एलोकेट करने के बाद आप चेक करते हैं की यह नल तो नहीं है और सिर्फ उसके बाद ही आप एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं तो सारांश में इस लेक्चर में हमने देखा हीप पर किस तरह से डायनामिकली मेमरी एलोकेट की जाती है हमने न्यू कंस्ट्रक्ट को देखा हमने ये भी देखा कि किस तरह डायनामिकली एलोकेट वेरिएबल्स और एरेज को एक्सेस किया जाता है और कुछ अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस जब डायनामिकली एलोकेटेड मेमरी को यूज कर रहे हो धन्यवाद